आज हमारे साथ मौजूद हैं दुधिया समाज के जिला अध्यक्ष जो है और हम इनसे जानना चाहते हैं आज जो आप यहां पर उपस्थित हुए हैं क्या उद्देश्य है इसका भाई अपना परचय दे दीजिए मैं रमेश चंद यादव दो संघ जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी विधानसभा मलनी और मेरा मकान शहर में भी है सदर विधानसभा में इक्कीस तारीख को हर बूथ पर पांच पौधा लगा करके और बूथ एक कार्यकर्ता बूथ पे रहेंगे तेईस तारीख को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिजा, बल, बलिदान बलिदान दिवस मनाया जाएगा बूथ पर 26 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बातों को सुना जाएगा और यह कार्यक्रम चलता रहेगा एक बात पर हमको विशेष ध्यान देना है कि जिस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं बन पाया सांसद नहीं बन पाया वहाँ पे क्या कमी है क्यों हमको वोट लोग वोट नहीं देते क्या कोई पैसे का प्रलोभन देता है क्या किसी का दबाव रहता है क्या हमारे ही पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर कोई गड़बड़ी करते हैं जिससे लोग नाराज होकर के वोट नहीं देते इन सब बातों पे हमको ध्यान देना है और पार्टी के लिए मेहनत और मजबूती से काम करना है जिससे हमारे पार्टी का मान सम्मान हमेशा बना रहे अभी वर्तमान समय में यही लाला बाजार में बसालतपुर गांव से बोल रहा हूं यह थाना बक्सा पड़ेगा लाला बाजार में अभी कल कुछ उपद्रव करने वाले पुलिस पर भी ईटा पत्थर चलाए और मोटरसाइकिल भी फूंक दिए पुलिस की और पुलिस वाले भी चोटैल हो गए और कुछ हमारे मंडल अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा हैं जिनकी गाड़ी तोड़ दी गई है क्षति कर दी गई है और उनको चोट भी आई है